YouTube के बारे में क्या आपको यह पता है YouTube को एक ट्रेडिंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था वेलेंटाइन डे वाले दिन तीन दोस्तों फ्री थे तब उन्हें ये आइडिया आया था ऐसा कहा जाता है YouTube का उस टाइम का स्लोगन था टाइम इन कर, और फिर YouTube का पूरा बिजनेस प्लान बदल दिया गया तो ऐसे जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को जिस काम के लिए बनाओगे वो उसी काम आएगी टाइम के हिसाब से सब बदलना पड़ता है दोस्तों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे दिखता हुआ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए धन्यवाद